हो दे तो सादस अब बतिया बत जदी रे पुन मुह हमार ना उठावा त जदी रे पुन क्या भाई सादस हो दे तो सादस अब बतिया बत जदी रे पुन मुह हमार ना उठावा त जदी रे